बीके इंडिया गोल्ड चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार मैं उनका हृदय से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों मेरा ये चैनल केवल मेरा ही नहीं आपका भी है इस वजह से मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आपको एक अच्छा मनोरंजन प्रदान कर सकूं। फिर चाहे वो आपके अपने बीके इंडिया गोल्ड चैनल पर हों या अन्य किसी और चैनल पर इस सिलसिले में मैं आपको एक फिल्म सवाल के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। यह एक बेहतरीन फिल्म है जो आपको जरूर देखनी चाहिए फिल्म का विषय एकदम अलग है आप देखेंगे तो जरूर मज़ा आ जाएगा फिल्म आपको YouTube पर एलेवन इमोशन फिल्म टाइप करने पर आपको मिल जाएगी आप सब फिल्म को एक बार जरूर देखें हो सके कमेंट करें लाइक करें शेयर करे फिल्म के मुख्य कलाकार प्रगति शर्मा ने अनूठी छाप छोड़ी है और सभी कलाकारों ने अपने किरदार को बखूबी जिम्मेदारी से निभाया है सिनेमाटोग्राफर तो के क्षेत्र में जाने माने कैमरामैन आर.बी. पी नावेद जी ने बहुत अच्छी तरीके से फिल्म का फिल्मांकन किया है तथा लेखक निर्देशन डायरेक्शन प्रोड्यूसर डायरेक्टर संजय सक्सना जी के मार्गदर्शन में हुआ है वह इस फिल्म को बनाने के लिए वह के पात्र हैं। मैं उनका हृदय से आर्थिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद कमरे कितने बुक किए टू रूम सर टू रूम क्यों और ऐसा करने से पहले तुम्हें मेरी याद जरूर आई माइंडेड आपको जो करना है आप कीजिए ठीक है मैं आपकी इन दमियों से डरने वाला नहीं हूँ बारह के भाव जाएगा ये हीरो तो ऐसा है। नंबर मेरा गलत नहीं लगा है नंबर तुम्हारा गलत लग गया है अभिषेक तो, तो है अब ये दूसरा कौन है खबरदार अभिषेक जो मुझसे आज के बाद बात करने की की की या मिलने कोशिश लेकिन मुझ पर दुख के और भी पहाड़ टूटने, शायद अभी बाकी है। दिशा को डिप्रेशन। ये क्यों डिप्रेशन में चली गई दिशा ये क्यों कर रही है तू ऐसे क्यों देख रहे हो जवाब दो यार, दो साल हुए, नहीं नहीं नहीं डॉक्टर साहब वो सब्जी काटते वक्त लग गया था चाकू नया था ना? नाच माई गॉड थैंक है जरूरत है <laughs> मेरा फोन देखा है क्या तुमने तुम्हारा फोन मेरे पास है अच्छा और आजकल कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं आपके दिमाग में सब कुछ बहुत नेगेटिव है